हेलो गाइस आप लोग का वेलकम है हमारे इस चैनल में तो गाइस आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तो आज हम लोग जो एडिट करेंगे रील वो आप लोगों ने प्रीव्यू में देखा ही होगा मैं तब मैं आप लोगों को आज वही रील सिखाने वाला हूँ एडिट कैसे किया जाता है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे इंस्टाग्राम डी एम ए ये वीडियो बता दो कैसे बनता है कैसे बनता है तो आप लोग को एक मिनट में आप लोग को सबसे पहले वो वीडियो दिखा देता हूँ कि वो कौन सा कौन सा वाला वीडियो है सारा तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये वाला वीडियो है तो ये पर मेरा भी देख सकते हो इस पर मेरे सेवन मिलियन व्यूज़ गए हुए हैं और जो रियल मतलब जो रियल वीडियोस पे उस फिफ्टी मिलियन व्यूज़ है ठीक है तो आप लोग टेलीग्राम पे आके अंकित अंकित स्टॉक सर्च कर लेना वहां पे आप लोग को मिल जाएगा मेरा जो भी यहाँ पे टेम्पलेट यूज़ करूंगा सब और लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और सबसे पहले आप लोग को वी ऐप ओपन करना है तो VNF हम लोग जैसे ओपन करेंगे तो आप लोग को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है उसके बाद आप लोग को प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है तो जैसे हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को सबसे पहले वो टेम्पलेट एक लगा लेना और अपना एक पिक सेलेक्ट कर लेना ठीक है थीके? उसके बाद आप लोग वहाँ पर डन पर क्लिक करना है उसके बाद आप लोग को सबसे पहले ये देख सकते हो ये टेम्पलेट है और उसके बाद अपना पिक के जो भी आपका फोटो है उसके सीधा पे आना है आप लोग को उस पे और उसके नीचे एफएक्स वाला ऑप्शन दिख रहा है तो एफएक्स पे क्लिक करके उसके आप लोग को लेफ्ट स्लाइड करना है जैसे आप लोग लेफ्ट स्लाइड करोगे तो आप लोग को यहाँ पर दिखेगा एक जीटर डाउन करके तो आप लोग को ये ये वाला ऑप्शन है जीटर डाउन इसको आप लोग को टैप कर देना उसको पूरा फुल्ड कर देना है शुरुआत से स्टार्टिंग से फुल कर देना है उसके बाद आप लोग को वहाँ पर नीचे में टिक पर क्लिक कर देना है तो आप लोग का इफेक्ट यहाँ पर सेट हो जाएगा चुका है बस आप लोग को एक म्यूज़िक जो भी वहां लगे आप लोग इंस्टाग्राम से भी उसे डाल सकते हो या फिर आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड करके ये म्यूज़िक को आप लोग ऐड कर सकते हो ठीक है तो अब हम लोग यहां म्यूजिक ऐड कर दिए हैं अब आप लोग देख सकते हो ये मेरा वीडियो पूरा रेडी है 100% तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना है सिम्पली आप लोग को यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर जा क्लिक कर देना है ठीक है तो ये देख सकते हो मेरा हो गया एक्सपोर्ट पर क्लिक करके उसके बाद आप लोग को टिक पर क्लिक कर देना है राइट टिक पर उसके आप लोग का वीडियो इम्पोर्ट हो जाएगा ठीक है तो आप, आप लोग को कैसा लगा मेरा ये वीडियो बहुत शॉर्ट था तो आप लोग ज़रूर बताना कि कमेंट में कैसा लगा और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना और कुछ भी आप लोगों को चाहिए मतलब कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए आप लोग उसके बारे में मुझे बोल सकते हो यहाँ फॉलो कर लो मैं आप लोग को ज़रूर हेल्प करूँगा मुझे डी कर देना ठीक है तो मिलते और नेक्स्ट वीडियो में बाय